प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने वाले कांग्रेस नेता राजा पटेलिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पन्ना में राजा पटेलिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम ने जानकारी देते हुए बताया कि राजा पटेलिया पर कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेलिया ने पन्ना में पीएम की हत्या का विवादित बयान दिया जिसके बाद वे भाजपा नेताओं के निशाने पर आ गए है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी डी शर्मा तक ने इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है राजा पटेलिया रविवार को पन्ना में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे वायरल वीडियो में पटेलिया पीएम मोदी को लेकर अशोभनी मोदी, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा दलितों का आदिवासियों का अल्पसंख्यकों का भारी जीवन खतरे में है संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो हत्या इन द सेंस हराने का काम करो पटेलिया ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि मैंने हत्या करने की बात नहीं कही बल्कि अगले चुनाव में मोदी को हराने की बात कही है। फ्लो में हो जाता है मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा दलितों को बनवास आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है संविधान यदि बचाना है तो मोदी की के आरोप में एफ आई आर दर्ज कर ली है उन्होंने बताया जनसभा में धर्म जाति और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक दलित और आदिवासी समुदाय के बीच घृणा और वैमनस्य फैलाने का कार्य प्रतीत हुआ है पुलिस ने पाया है की इससे लोग शांति भंगी हुई है आई पी सी की धारा चार सौ इक्यावन पांच सौ और एक के तहत पन्ना जिले में मामला दर्ज किया गया है। जनसभा में धर्म जाति और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक दलित आदिवासी समुदाय के बीच घना फैलाना का कार्य प्रतीत हुआ इससे लोक शांति भंग होना पुलिस ने पाया है और इनके खिलाफ आईपीसी की धारा चार सौ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 Dakal new